ए बाप की तो आज ऐसी की तैसी करनी है कह तो आज बाप कोनी, कह बेटो कोनी। अरे के बात कमला पानू करके ठेके ले रखी तेरा जिंदगी में देखे मर्डर ना तो चाल मेरे चाल अरे तो तू कर बाप को। बाप को? गोकी कर दीओ अरे स्कूल में मेरे सारा छोरा यार साइकिल लेके जाए मैं ही पैदल जाऊं बाबा ने कहो तो यारे साइकिल यार यार खड़े बैठ के तो में मान मारे साइकिल खातर तू तेरे बाप ने मारे तू साइकिल की बात करे मैं दस रुपया खातर तापा कर ली साल तू तो आज लाई देखा चली गई। ने एक तो मेरा कन्हे खड़े हो गए देखे गो लुकिया देखे गो कितो खतरनाक तरी वोटा करूंगा वोटा तो यार फिर मैं लुक गई फिर हाँ तो गोली हो ग अरे बाबलिया हिम्मत है तो बारह हाँ बोल ना मैं तो यहां कह मकोबा साइकिल दिरा देता को क्यों भगवान तो दे रखे हैं दे रखे पढ़ो किता के दिन जाऊंगा पैदल चलते चलता है मेरे गोड्डा में रस्सी पड़गी तेरा बल्ला रा तेरा रसी पड़गी तो बोटा कर फिर बोटा है यारे। बाप में तकड़ी हुए यारे। आबा तो तकड़ी चीज देखी देखने हो सही कह यार तू आप ना क्या खड़ा जद लागू बाप ने जाके कह जाइल तो मैं ले गए रूगा आ जाओ भाई आ जाओ बाप को माल सस्तो माल बाप को माल सस्तो माल आ जाओ भैया आ जाओ मात्र 50 रुपयों नीचे नीचे मात्र 50 रुपयों नीचे नीचे आ जाओ भाजियो भाजियो आ जाओ भैया आ जाओ ओए बड़ा खटके दिया रे कपड़ा कौन आ, राम राम राम राम राम राम ताऊ बेटा नई नई दुकान कर ली पर कौन हो लगता है करी आ, दुकान कर ली अरे दुकान है। है। थारी दुकानी क्या है बता दो तो अरे बो पूरे बोले है रेडीमेड की पूर्व बेचो रेडीमेंट की। ये, ये, ये। अरे गई आजो भाई, बाप बाप को माल, माल, बाप को माल माल, माल माल, सस्तो सस्तो आयो न यार कोई देनी मन्ने साइकिल तो लेनी एक काम कर सुपारी दे हाँ।, हाँ यार आइडियो तो सही है पर पुराना आदमी सुपारी ले कौन है मेरे ध्यान में एक आदमी कौन है मांगिये बदमाश ने जानेगी भाई है देवलो बदमाश अन दोनों को ही काम है गेरा ना काम तो अलग अलग है मांगे बदमाश हो काम उदार का, हाँ है उदारियां हां हो अरे लूटे साइकिल हां बेच कितना रुपया ले गो हर कनिया ज्यादा कौन लिया काका लिया दुपया कराओ पोनी बाबा बाबा भूल मारे पकड़ बोल रुपया हां तो तेरे बाप को किडनेप करना है फिर हैं? हाँ कितना रुपया लेगा ग्यारह सौ रुपया लेवा पांच सौ रुपया छोड़ छोड़ो।, हाँ, छोड़ो। क्यों मैं खोल लो खरीदे है तो एक डैनी तो 200 सौ रुपया तो छोड़ो फिर अरे छोड़े दो सौ रुपया पकड़ पकड़े अरे ले आ तो बंदे दे और आगे देख ली मारेगा मारे दे यार मैं मांगी ते तो फट देनी थी ना गस देनी सी काट के दे दी अरे तेरी कोश सिका को खराब हो रही है आज की दैड़ी है बनेड़ी अरे छंटो तो मारा कितने कर लिया तेरे बाप ने करनोगे किया के करो ना तम काट लियो तो हाँ तो ठीक है जे वो हाँ ठीक है पहली फुर्सत में निकल तो दोस्तों वीडियो क्या लगे वीडियो अगर बढ़िया लगे है तो लाइक और कमेंट जरूर कर दियो और चैनल पर अगर पहली बार हो तो चैनल ने भी सब्सक्राइब कर लियो ताकि ये टाइप का फनी और जगह फाइटिंग वीडियो है वह अपने चैनल पर लगातार थाने मिलता रहेगा तो प्यार और सपोर्ट है वो बनाए रखो I'm wrong.